लोग नए साल में बहुत कुछ नया मांगेंगे अच्छा एक मिनट रुको ये इतना घूर क्यों रहा है? कलवे। घूरना बंद कर वरना पत्थर मारूंगा। पर मुझे वही तुम्हारा पुराना साथ चाहिए not bad, not bad. Not you. तुम मुझे भूल जाओ मैं होने ले दूंगा मैं तुम, मैं तुम्हें भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा क्या बोले तुम्हें पहले हंसने के लिए मैं तारक मेहता देखा करता था बट अब उसमें वो बात नहीं है इसलिए मैंने अब इंस्टा डाउनलोड कर लिया है इसकी मां का भोला चेहरा समझा। गौर से देखो इसको इस सैनसंग ने पेंट क्यों ऊपर चढ़ाई हुई है मुझे तो लगता भी तायाताया ताया नाला साफ करके आया साला छोटी गंगा बोल के नाले ना तो <laughs> तो हेलो पब्लिक क्या हाल चाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक्स पे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम की नेम से चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम मानो oh या ना मानो तुम बदल गए नहीं बदला नहीं बदला की पतला इस भाई को जितनी बार देखो ना उतना ही मजा आता है तो मैं नहीं बदला, जमाना बदल बदल गया है, अब तुम भी बदल जाओ। की गोली करो। <laughs> चलो बेटा अंकल को सुनाओ। यार घर में जब भी रिश्तेदार आते हैं ना ऐसे ही होते हैं नमस्ते अंकल एक कवा प्यासा प्यासे था। कौआ यार। नहीं था, था। कौआ मर गया <laughs> इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल का कौवा प्यासा नहीं रहा अगर क्यों क्यों? क्योंकि वो बियर पीता है वाटर ड्रिंक भी है। मोटो। इस के घर रिंग। नमस्ते, नमस्ते। चप्पल चोर।, चोर क्या हारपीट तो पीना चाहेंगी जरूर हारपीट बस एक सवाल तुम भागने का जाती होती है अरे डार्लिंग हगने के लिए मैंने टॉयलेट में जाना चाहिए अच्छा। तुम्हारा पति विमल काला पीला है है और जुबा के है। ऐसे तो नहीं होता है। बोलो सुबह शाम अपने पति को अब फिर कह रहा है मेरे त्री आएगी बस कर ये वाली वीडियो जिसने भी डब की है इसका एक एक डायलॉग बहुत ही चूटा। और इसका सबसे अच्छा डायलॉग मुझे एक ही लगा चप्पल चोर उह उह उह उह। क्या डायलॉग लिखा भाई ने यार अच्छा। नहीं नहीं मैं बनाऊंगी करेंगे अच्छा। नहीं वादा रोते नहीं मेरे बाबू मेरे बच्चा महीने की मेरी सैलरी नहीं है मेरी सोना मिलने दो पार्टी ले दे, दे, दे। लेना इन्हीं हरकतों की वजह से आजकल नेटवर्क नहीं आता है ऐसा मत करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। टैग करो किसकी बीवी है जल्दी से आगे बढ़ते हैं तुम तो मुझे सिखाओगे ऐसे चा, कर लोगी। लोगीवर दिखा दो ऐसे कमर लचका लोगी। मुन्ने शैला को भी फेल कर दूंगा अगला स्टेप इसको बोलते हैंडप स्टेप और ये है सन्नी स्पेशल। ओ भाई रोशन माइकल फेल। ओ, ओ, ओ, ओ। क्या यार। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही जानना है कि इसका कोरियोग्राफर कौन है मैं नहीं बताऊंगा नीचे कमेंट में बता दो कौन है इसका कोरियोग्राफर नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का भूचाल आ जाएगा धरती कांपने लगेगी ये? बस हवा निकल गई शादी कब करोगे मुझसे इतनी भी क्या जल्दी है कर लेंगे ना नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है पर हमारे होने वाले बच्चों की पढ़ाई में देरी हो रही है ना ये क्या बात ये क्या बात करता है यार मुझे समझ नहीं आ रही है इसके घर वाले कहाँ पे सो रहे कब्रों में तो नहीं सो रहे जो दिन में गायब हो जाते हैं भाई इसको कोई स्कूल छोड़ के आओ पहले तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो लाइक और शेद ठोक दीजिए महाकाल कैसे और हां धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा सबको कमेंट करने का मौका मिलेगा कमेंट करो और बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नहीं पता चप्पल चोर याद आया वो चप्पल उठा के सब्सक्राइब वाले बटन पे मार दो वो लाल वाला जो निशान दिख रहा है ना उसको दबा दो उसके साथ एक घंटा है उस घंटे को ऐसे दबा दो मिलते हैं हम अगली वीडियो में टाटा -टा।